मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा का सत्र 19 दिनों का रहेगा बजट सत्र का शुभारंभ राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 7 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बजट सत्र का शुभारंभ राज्यपाल के अभिभाषण ऐसी शुरू होगा उन्नीस दिन के सत्र में प्रश्नकाल ध्यानाकर्षण के अलावा अन्य शासकीय कार्य सम्पन्न होंगे यह सत्र सात मार्च ऐसी पच्चीस मार्च तक चलेगा उन्होंने कहा इस सत्र में विभागावार चर्चा के लिए काफी समय है ये 19 दिवसीय सत्र है बजट के बाद में बजट के पहले दोनों में समान चर्चा के अवसर हैं। महा महिम के कृतज्ञता ज्ञापन पर भी सदस्यों को बोलने का है उसके बाद बजट की आम चर्चा पर, फिर विभागवार चर्चा पर बोलने को इस सत्र में काफी समय है इसी तरह से प्रश्नकाल के माध्यम से आज से प्रश्न लगना प्रारम्भ हो गए शून्य के माध्यम ऐसी ध्यान के माध्यम से भी जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जा सकते आज विद्वत अधिसूचना उसकी जारी संगीत की लहरियों से, सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के भीड़ों से, नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पगडंडियों से सड़कों तक गाँव ऐसी शहरों तक व्यापार ऐसी उद्योगों तक राजनीति से कूटनीति तक दखल न्यूज आपके हक आप देख रहे हैं दखल न्यूज